अगर तेरह चूहे तेरह दिन में तेरह बिल बनाते हैं तो एक चूहा एक बिल कितने दिन में बनाएगा आपके पास चार ऑप्शन हैं ऑप्शन ए एक दिन ऑप्शन बी तेरह दिन ऑप्शन सी छब्बीस दिन या ऑप्शन डी एक सौ उनहत्तर दिन आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए